मैं इतना मैं प्यार करा, करा। एक सवार जे मैं के मौत दा इंतजार करा। लिए दुनिया छोड़ दी है तुझते ही सांसला करके तुझको कितना चाहता सोच ना सके तेरे लिए दुनिया छोड़ती है तुझ पे ही तुझे मैं तुझको बीतना चाहता हूँ तू कभी सोच ना सके तू ही भी होगी ठंडक तू ही त्यागी और कुछ ना जानू मैं बस इतना ही जानू कुछ भी खता है यारा मैं क्या करूँ कुछ भी रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ सचते सर झुकता है यारा मैं क्या करूँ कुछ भी रब दिखता है याराम क्या जिया नहीं जाता कामया कटे तिरस गया तेरा काम कटे तिरस गया सुमछम आए, आए।, आए, आए मुझ तरस तेरा साया छिड़के चुम तुझ मुस्नाए तुझ शर्माए जैसे मेरा है खुदा झूमता तू ही मेरी है बरकत तू ही मेरी बात और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू कुछ बेरब दिखता है यारा मैं क्या करूँ कुछ भी रब दिखता है यारा है यारा मैं क्या कुछ भी न दिखता है यारा मैं क्या बनाने जोरी है, बना है। आंखों की है ख्वाहिशें तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पैसा मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना